नेता मंत्रियों के सवाल जवाब की कड़ी में अब एक बयान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने आया है जिसमें उन्होंने विरोधियों को अतिथि बताते हुए कहा कमलनाथ व दिग्विजय सिंह अतिथि थे अतिथि हैं और अतिथि ही रहेंगे मोदी कैबिनेट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला है सिंधिया आरोग्य धाम हॉस्पिटल के कैच लैब के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे जिसमे सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ग्वालियर दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये अतिथि थे अतिथि हैं और अतिथि ही रहेंगे सिंधिया ने आगे कहा कि पंद्रह महीने की सरकार आई थी जिसके बाद ये नमूने अब ग्वालियर आ रहे हैं जिसके बाद सिंधिया के तंज पर कमलनाथ ने भी करारा जवाब देते हुए कहा की अतिथि कौन है ये जनता तय करेगी ग्वालियर के रण में कांग्रेस की ही जीत होगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें